सबसे पहले ऐसी टेबल बनानी रहती है आपको सबसे पहले ऐसे टेबल बना लेंगे और इसमें एक साइड लिख देंगे फंक्शन और इस साइड पे लिख देंगे इस में लिख देंगे जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री डिग्री नाइन्टी डिग्री अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ नाइन्टी डिग्री तक की वैल्यू निकालना बताएंगे उसके बाद अगली वीडियो में नाइन्टी टूट वन तक निकालना बताएंगे तो चलिए इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं आगे इस साइड फंक्शन फंक्शन में लिख देना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को थीटा सेक्टा और कॉशेक्टा तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताना चाहूंगा बेसिक से फॉर्मूले हैं इनको आपको याद रखनी है जैसे tan tan cos cos cot cosec और sec ये ये रखने जो हैं इस ट्रिक में यूज होंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करके आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जीरो की वैल्यू करने के लिए हम लोग ये ट्रिक करेंगे की सभी में लिख लेंगे रूट रूट वन रूट टू रूट थ्री रूट फोर और इसके अपॉन में लिख लेंगे रूट फोर रूट फोर ये एक ट्रिक है जो की बहुत ही आसान है इसको देखने के बाद आपको इन इंटरनेमिटी फंक्शन हमेशा के लिए याद हो जाएंगी तो सबसे पहले जीरो की वैल्यू निकालते हैं तो जीरो की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम लोग जानते हैं कि अगर ऊपर जीरो आ तो की होती है, और की की, जैसा की आप लोगों को पता है रूट फोर इज इक्वल टू हो जाएगा टू इन टू टू तो ये आ जाएगा टू तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू अब आगे बढ़ते हैं फोर्टी फाइव साइन की वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो इसको हम इस तरह इस तरीके से सॉल्व करेंगे रूट टू इज इक्वल टू रूट फोर टू लिख लेंगे रूट टून रूट टू इन टू ऐसा भी लिख सकते हैं तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा वन बाई रूट टू तो यहां पे लिख लेंगे वन बाई रूट टू ये आ गई साइन फोर्टी की वैल्यू अब आगे बढ़ते हैं साइन सिक्सटी में साइन सिक्सटी की वैल्यू निकालेंगे रूट फोर की वैल्यू मैंने पहले से निकाल रखी है दो होती है तो रूट थ्री रूट थ्री की वैल्यू तो निकलेगी नहीं तो रूट थ्री अपन टू ये वैल्यू अब 90 की आएंगी तो ये सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा इसकी वैल्यू वन हो जाएगी अब आते हैं कॉस में अभी तक हम लोगों ने किया अब इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है बस वन रखते जाना है इस एक ट्रिक रहता है कि जो साइन नाइन्टी का होगा वो कॉस जीरो का होगा जो साइंस 60 का होगा वो 30 का होगा और जो साइंस 45 का होगा वही कॉस्ट 45 45 का होगा और तो इसको हम सीधा उल्टा कर देंगे इधर से स्टार्ट करेंगे लिखना जो इधर होगा इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इधर एक है तो इधर एक लिखेंगे तो रूट थ्री बाई 2 कर देंगे और इधर वन बाई रूट टू कर देंगे और इधर वन बाई टू कर देंगे और ये जीरो कर देंगे इसको याद करने के लिए हम लोग इसको ये, इस पे क्रॉस भी लगा सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट इसका इसे, इसका करते जाइए और और ये और ये सीधा हो जाएगा ये भी एक ट्रिक है इसको याद कर लीजिए अब आते हैं टेन पे टेन पे एक फार्मूला यूज होगा ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे 0 बाई वन तो 0 आ जाएगा ऊपर अगर 0 है तो और 1 बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू इसको कर लेंगे 1 बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू तो इसको जब हम लोग ऐसे कर लेंगे ऐसे कर सकते हैं इसको ऊपर कर देंगे रूट थ्री बाई टू तो ये कैंसिल आ जाएगा 1 बाई रूट थ्री ये आ गई की वैल्यू ऐसे ही ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा वन बाई रूट टू अपॉन वन बाई रूट टूल टू वन आ जाएगा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री रूट थ्री बाई टू अपॉन वन बाई टू तो ये टू जब ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा तो सीधा सीधा रूट थ्री आ जाएगी इसकी वैल्यू अब इसमें क्या होगा कि वन बाई जीरो आ जाएगा तो जब भी जीरो नीचे आ जाए तो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है क्योंकि तो इसलिए हम लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं उसका जब ग्राफ बनेगा तब तो आपको समझ में आएगा तो अब आगे बढ़ते फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला कॉड इजन पॉइंट टेन थीटा तो सीधा सीधा करते जाएंगे इसमें भी वही चीज हो जाएगी वन पॉइंट आएगा वन पॉइंट जीरो तो फिर से वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी और इसमें सीधा इसका उल्टा कर देंगे वन रूट 3 है तो रूट थ्री आ जाएगा और इसका वन है तो वन ही रहेगा और इसका टू बाई रूट थ्री है सॉरी रूट थ्री बस है रूट थ्री बस है तो इसका आ जाएगा वन बाय रूट थ्री और इसकी नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन ही रहेगी आते हैं सेक पे सेक पे हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूलाई तो तो टू का उल्टा होगा टू बाई रूट थ्री वन बाई रूट टू का उल्टा रूट टू वन बाई टू का उल्टा टू और जीरो का उल्टा हो जाएगा वन बाई जीरो तो ये भी नोट डिफाइन हो जाएगा अब फिर से आते हैं कॉसेक थीटा पे थीटा के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो का उल्टा क्या हो जाएगा टू वन बाई रूट टू का उल्टा क्या हो जाएगा रूट टू और रूट थ्री बाई टू का उल्टा क्या हो जाएगा टू बाई रूट थ्री और वन का उल्टा बनी रहेगा तो ये हो गया हमारा